हेलो फ्रेंड आइए आज आपको बताते हैं कि ट्रिपल सी का रिजल्ट कैसे चेक करते हैं यानी जो अप्रैल महीने का रिजल्ट है अप्रैल का या है या फिर फरवरी का है मतलब किसी भी महीने का वर्कल जो है आसानी से चेक कर सकते हैं इसमें आपको तीन ऑप्शंस दिए होंगे यानी आप रोड तो नंबर से चेक कर सकते हैं फिर आप क्या डेट ऑफर तो नंबर से या फिर कैंडिडेट का जो तो नाम होगा या फिर जो आपका अप्लीकेशन नंबर होगा जो आप स्टार्टिंग में ऑनलाइन करवाते हैं तो उसमें आपको अप्लीकेशन नंबर मिलता है जियो ट्रिपल सी करके आगे नंबर लिए होते हैं तो आइए आपको देखे चलते हैं कि कैसे रिजल्ट चेक किया जाता है तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र से और ट्रिपल सी सर्च करके आएंगे उसके बाद दिखेगा यहाँ पे मिला है जो फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है यानी ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एंड एडमेंट सिस्टम का इस पर आप आएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो है गुड़े का निशान जो है इस टिक टिका यानी ये बॉक्स जो खुला था तो उखट जाए उसका थोड़ा सा पेज को स्टॉल करिएगा और यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर दिया गया है ब्यू रिजल्ट यानी यहीं से आप जो है अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं तो इसको हम टच करते हैं उसके बाद पेज को थोड़ा ऊपर करते हैं और यहाँ पे आप दिखिएगा तो यहाँ लिखा है कोर्स ऑन कंप्यूटर कांसेप्ट ट्रिपल सी यानी इसी को आपको टच करना है तो इसको हम टच करते हैं जैसे कि आप टच करेंगे तो दिखा के सामने खुल गया रिजल्ट का बॉक्स और देखिएगा हमने आपको अभी बताया था कि उसमें तीन कॉलम दिए होंगे जहाँ पे लिखा है सर्च बाय रूल नंबर सर्च बाय का नेम सर्च बाय एप्लीकेशन नंबर यानी तीनों से आप जो है तीनों में से किसी से भी आप पेपर सीखकर जो रिजल्ट चेक कर सकते हैं जिस भी कैंडिडेट का होगा वो आप उसको आसानी से चेक कर सकते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर आएँगे जहाँ पर एग्जामेशन ईयर दिया है इसको आप ओपन करेंगे तो, तो यानी दो हज़ार ऐसे आपको रिस्ट दिया गया है तो उसमें हम मानते हैं कि 2022 हज़ार बाईस का हमको दिखना है उसके बाद आप यहां पर आएंगे एग्जामिशन जो नेम लिखा है उसमें आप किस महीने का देखना चाहते हैं वो आपको इसमें लेना होगा तो इसमें आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको इस महीने का दिखना होगा और फिर आप यहाँ अगले कॉलम में जहाँ पर दिया गया है रोल नंबर यानी इसको हम रोल नंबर से दिख रहे हैं तो इसमें आपको रो नंबर टाइप करना होगा जब आप एग्जाम देने गए होंगे तब वहां आपको रो नंबर एक फॉर्म पे मिला होगा वही आपको यहां पे भरना है उसके बाद इसके नीचे आप आएंगे ये जो आपका डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है यानी ये जो कैलेंडर की दरबारा है यहां से आप अपना डेट ले लेंगे मतलब डेट मंथ यो भी आपका है उसके बाद इस सर्च बॉक्स यानी जो आपका एक कैप्चर कोड दिया गया है इस बॉक्स में इसमें ही आपको लिखना है टू वन फोर सिक्स एट फोर लिखा ये आपको भर के उसके तो बाद फिर यहाँ से ओके करना है यानी ब्यू करना है तो अभी हम जो है अब डाटा भर के दिखा रहे हैं आपको कैसे भरना है हमने बता भी दिया है तो आप वैसे ही आसानी से आप भर सकते हैं यहाँ है देखिएगा हमने सब डाटा फिल करने के बाद में यहाँ पर कैप्चर को डाला है उसके तो बाद फिर यहाँ से हम बिग बटन पर जो टच करेंगे जैसे ही आप टच करेंगे तो स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा यानी आपको इसे ब्लू बटन पर ही टच करना है यहां पे दिखेगा जो जो हमने जिस बच्चे का यानी चेक किया है वो इसमें इसमें दे दिया है यानी वो जो कैंडिडेट है यानी बच्चा है वो फेल है यानी अगर जो आप फेल हो जाते हैं तो फिर आप फिर से आलाइन करवा के टीपर्सी का जो है एग्जाम फिर से दे सकते हैं तो ऐसे ही आप टीपल का जो है रिज़ल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं और यहीं से आपका फॉर्म भी ऑनलाइन होगा तो इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। कि टीपल का फॉर्म ऑनलाइन कैसे करते हैं तो उसके लिए सबसे तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसके बाद वीडियो को जो है लाइक लाइक करें उसके बाद साथ ही शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड के साथ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके यदि आपको कोई सुधाव सुझाव देना है तो हमारे यहाँ कमेंट बॉक्स में आप उनको सुझाव दे सकते हैं यानी अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी करिएगा